तो हेलो गाइस वेलकम बैक इन अनदर इन न्यू वीडियो तो गाइस आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने रहा तो गाइस आज का टॉपिक क्या है हाउ टू डाउनलोड मोबाइल पीएनजी फ्रेम अनलिमिटेड तो गाइस मोबाइल का पीएनजी फ्रेम कैसे डाउनलोड करें कुछ इस तरीके से तो उसको कैसे अपने वीडियो पे ऐड करेंगे लगाएंगे उसको मैं आज आपको सिखाऊंगा इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना होगा क्रोम ब्राउज़र पर जाने जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है मोबाइल मोबाइल मोबाइल फ्रेम मोबाइल फ्रेम पी आपको लिख के यहाँ पर सर्च तो गई यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ तो मोबाइल फ्रेम पी एन लिख के आपको सर्च कर देना है कर देने के बाद आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर ढेर सारे दुनिया के जितने भी मोबाइल स्क्रीन है सब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर इमेज का जुम करके कर दिखा देता हूँ इमेज पर आपको क्लिक करना है करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन आ जाएंगे आपको जो भी जो भी पसंद आता है आप लोग वो स्क्रीन अपने वीडियोस पे ऐड कर सकते हो तो ऐड करना भी आपको सिखाऊंगा तो कैसे यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन हैं तो एग्जांपल के लिए हम लोग ये वाला स्क्रीन लेंगे लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर इस इस मोबाइल पी की फोटो के ऊपर यहाँ पर थोड़ी देर तक यहाँ पर क्लिक करना है आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड इमेज का एक ऑप्शन उस पर आपको क्लिक कर देना है कर देने के बाद नीचे डाउनलोड का ऑप्शन उस पर कर देना है डक क्लिक तो यहाँ पर आपका जो पीएनजी डाउनलोड हो जाएगा तो वैसे अभी तक आपका जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट नहीं हुआ यहाँ पर आपको बैक आना है आने के बाद यहाँ पर कट कर देना है कट कर, कर देने के बाद यहाँ पर आपको फिर से बैक आना है तो यहाँ पर फिर से आपको बैक आना तो वैसे इसको छोटा कर लेता हूँ कर लेने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है बीजी रिमूवर बीजी रिमूव बीजी रिमूव आपको सर्च कर देना है कर देने के बाद पहला वाला जो वेबसाइट है उसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर अपलोड इमेज वाला ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हो इस पर आपको क्लिक कर देना है कर देने के बाद आपने जिस पी एन फोटो को यहाँ पर मोबाइल का ले लिया उसका आपको यहाँ पर क्लिक करके डन कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर आपका इमेज यहाँ पर शो कराएगा तो आप लोग कितने क्वालिटी रिजोल्यूशन में डाउनलोड करना, तो करना चाहते हो यहाँ पर क्वालिटी है और कितने साइज में भी आप लोग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा है तो आप लोग डाउनलोड कर लेना है आपको सीधा डाउनलोड कर लेने के बाद आपको जो पीएनजी एन वो डाउनलोड हो जाएगा तो गैस हमारा जो लास्ट जो हमारा प्रोसेस है वो है कैसे अपने वीडियो पर पी लगाते हुए तो गैस उसको लगाने के लिए आपको कुछ नहीं काइनमास्टर मास्टर एप्लीकेशन पर जाना होगा तो कैसे आपके पास काइनमास्टर नहीं तो मेरे इस चैनल पे आपको काइनमास्टर का वीडियो मिल जाएगा आप लोग वीडियो देख के काइन का प्रूवर से डाउनलोड कर सकते हो तो, तो कैसे यहाँ पर क्रेड नाव पे जाते जाते के जाने के बाद यहाँ पर सिक्सटीन इंस नाइन रेशियो पर जाने के बाद नेक्स्ट पर कर देते हैं कर देने के बाद यहाँ पर तो गाइज यहाँ पर लेते हैं हम बैकग्राउंड इमेज तो गाइज बैकग्राउंड इमेज तो गाइज यहाँ पर देखते एकदम खतरनाक खूब ज़्यादा यहाँ पर जो देख सकते हैं पर एचडी वाला यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज तो गैस आपको भी ये वाला इमेज इमेज चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा तो गैस यहाँ पर मैंने इमेज ले लिया जाने के बाद यहाँ पर लेयर पे जाते हैं मीडिया पे जाते हैं जाने के बाद जिस पी को हमने डाउट किया उसको लेंगे तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो देख सकते हो आपका जो पी वो बन चुका है मतलब ये क्विक वर्क कर गया तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये मोबाइल फ्रेम हम देख सकते हो यहाँ पर आप लोग कहीं पर भी ये लगा सकते हो आप ये कोने में लगा सकते हो सेंटर में लगा सकते हो तो गाइस इसको हम सेंटर में लगाएंगे लगाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर में राइट साइड का यहाँ पर आईफोन दे दिया उस पर आपको क्लिक कर देना कर देने के बाद यहाँ पर लेयर पर जाना है मीडिया पर जाना है आपके मोबाइल में यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर जो भी आपको उसको लेना है तो मेरे पास ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डर एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ तो गैस यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो यहाँ पर इसको लेना है लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करना है इसको मोबाइल के साइज़ कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर कोने में थ्री डॉट्स दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है कई दिन के बाद यहाँ पर सेंट टू बैक का ऑप्शन उस पर आपको क्लिक कर देना है तो गैस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो आपको मोबाइल फ्रेम पी वीडियो पर लग गया है तो गैस यहाँ चालू करके देखना तो गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा खतरनाक तो गैस हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है तो गैस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में